हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल दिलचम हम लोग कैसे सब लोग मैं मत करती हूँ सब ठीक होंगे तो इस वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही ठीक हो जाओगे क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ थ्री आइडियाज़ जैसे कि आपके ब्रेकफास्ट के आइडियाज़ थ्री वेराइटीज़ लेकर आई हूँ ये ब्रेकफास्ट तो बहुत ही न्यूट्रिशनस है बहुत ही हेल्दी है आप ज़रूर ट्राई करना और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना सो so, बहुत लोगों को क्रंची क्रंची खाने के और सरल टाइप कॉन्फ्लेक्स खाने की मन करती है जैसा कि मुझे कब रहा है विच इज़ टू तो टल्दी तो टू जल्दी अनहेल्दी सो so, मैंने सोचा कि हेल्दी क्रंची ब्रेकफास्ट खा लूँ तो इसलिए ये ट्राई किया है और ये तो टोटली वेगन है और वेरी न्यूट्रिशंस ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी टेस्टी इट्स माई फेवरेट ब्रेकफास्ट तो लेट स्टार्ट इसको बनाने के लिए हमको ना ड्राई फ्रूट्स कि और ओरनेट्स वो करने हैं जैसा कि आलमंडस किसमिस एंड पीनट्स जैसा मैंने लिया है इस थ्री ड्राई फ्रूट्स को और ओरनेट्स हो करके पीसेस करने हैं पीसेस करने के बाद एक बाउल में डाल रही हूँ और इसके बाद हम ले रहे हैं फ्रूट्स जो भी आपके पास है जो भी कुछ भी ले सकते हो जैसा मैंने लिया है पपाया ग्रीन ग्रेप्स ब्लैक ग्रेप्स एंड एप्पल ऐसा आपको चाहिए जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो सो so, इस सारे फ्रूट्स को बाउल में लेनी है पीसेस करके आपको चाहिए छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो और एक वो बाउल में लेनी है सो so, इस बाउल ना बहुत ही डिलिशियस खाने वाला है आपका तो इसके बाद सारे फ्रूट्स डाल के ड्राई फ्रूट्स के साथ एक बार मिक्स कर लेनी है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक स्कूप शया सीड्स सब्जा सीड्स नहीं है शीया सीड्स और उसके बाद पमकिन सीड्स और जो भी आपके पास सीड्स है वो सब तो डाल सकते हो ड्राई फ्रूट्स में वन स्कूप फ्लैक्स सीड्स के पाउडर डाल रही हूँ आपके पास फ्लेक्स सीड्स है तो वो भी डाल सकते हो मैं बस पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद टू स्कूप्स जागरी पाउडर डाल रही हूँ स्वीटनेस के लिए अब मैं डाल रही हूँ होम मेड पीनट बटर एक स्कूप और ये है आलमंड मिल्क यानी कि वेगन मिल्क जैसे कि मैंने कोई काओ मिल्क बफेलो मिल्क कुछ भी नहीं डाल रही हूँ बस आलमंड मिल्क डाल रही हूँ इसमें ये आलमंड मिल्क तो बहुत ही हेल्दी है कम्पेयर टू तो बफेलो मिल्क एंड काओ मिल्क इसको ना कैप लगा के इस बाउल को रिफ्रिजरेट कर सकते हो अबाउट टेन मिनट्स टेन मिनट्स के बाद निकाल के आप देखोगे तो वेरी कूल कूल क्रंची क्रंची ब्रेकफास्ट आपके लिए रेडी है तो बहुत ही न्यूट्रिशनस ब्रेकफास्ट है ये आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करना ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी वेरी डिलीशियस सो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड ब्रेकफास्ट ये है कि प्रोटीन मूँग दाल फुली प्रोटीन है इस ब्रेकफास्ट में और इसको रेडी कैसे करते हैं बस आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना और इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद आप बस प्रिपेयर करना बहुत ही इजी मेथड है जैसा कि मूंग दाल की चीली डालनी है चीला डालने के बाद आपको जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो उसमें स्टफ़ करनी है और इसको पीनट चटनी के साथ लेनी है और उसके साथ साथ नट्स लाइक आलमंड सुनम्स फुल्ली प्रोटीन ब्रेकफास्ट है बहुत ही न्यूट्रिश बहुत ही टेस्टी टू सो so, बहुत ही क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स स्टफ़ है तो बहुत ही डिलीशियस है इस खाने के बाद बस आपको दो तो और ये लेनी है बस इससे ज़्यादा नहीं लेनी है और इसके साथ पीनट चटनी बहुत टेस्टी so, one, easy, ही टेस्टी पीनट चटनी है सो थर्ड वन वेरी ईजी ब्रेकफास्ट ये है कि ब्राउन ब्रेड लेनी है आपको बस टू पीसेस टू स्लाइसेस लेनी है ओके टू स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड लेनी है उसको हमें तवा में ड्राई रोस्ट करनी है ड्राई रोस्ट कोई ऑयल घी कुछ भी नहीं डालनी है आपको चाहिए तो ओवन में भी ड्राई uh, रोस्ट कर सकते हो सो so, इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद आपको ऐड करनी है वन वन स्को पीनट बटर होम मेड पीनट बटर है क्रंची पीनट बटर बनाई हूँ होम मेड सो मैं होम मेड पीनट बटर इसको स्प्रेड कर रही हूँ ब्रेड पर सो so, इसके बाद टू एग्स लेनी है इस टू एग्स को ना ऑमलेट डाल रही हूँ जैसा कि हाफ बॉयल्ड नहीं है बस हाफ बॉयल्ड जैसा दिख रहा है तो ऑमलेट डाल रही हूँ थोड़ी सी ऑलिव ऑयल डाल के ऑमलेट डाल रही हूँ तो बन गया आपके वेरी ईजी एंड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट I hope you enjoyed this video and I enjoyed these uh, tasty recipes a lot and uh, friends के साथ uh, family के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि वो भी बहुत ही healthy breakfast लिए So thank you so much for watching इस video को बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शेयर करना और आप इस recipes लेने के बाद आप बहुत ही benefits देख सकते हो I just mentioned three to four benefits. And you can search in Google. आप मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe to my channel. Like zero करना Thank you so much for watching. Bye bye.